जी नुकसान हो गया uh हेलो हाँ मेडम एक ऑर्डर कन्फर्म करना था ऑर्डर लेके आया तब तक आपके पास एक ओ टी पी आया होगा वो बता दीजिए हाँ देखिए एट एट सेवन सेवन एट एट सेवन हाँ बस यही यह है थैंक यू सो मच मैम ओके अरे मेरे तो सारे पैसे गए। वाह वाह डिलीवरी लेने से पहले ही ओ तुम्हें स्कैम का नाम पता है तो मैं आपको बता दू तो स्केमर स्कैम कैसे करते हैं क्योंकि वो एक फेक डिलीवरी बॉय होते हैं और उनको जो डिलीवरी देने वाली कंपनियां होती है वो आपके डेटा है वो चुरा के उनको दे देती है दोनों के आपस में डील होती है और वो क्या आपके डेटा दे देती है और वो ऑर्डर आई ये सब आपको बता देता है और आपको एड्रेस्ट हो जाता है कि ये वास्ते में डिलीवरी बॉय डिलीवरी बॉय नहीं होता डिलीवरी लेते समय हमेशा जा रहे हैं कि ओ टी तभी दे जब डिलीवरी बॉय आपके पास में खड़ा हो और तो वो आपको जो आपका ऑर्डर है वो आपको हाथ में दे रहा हो उसी टाइम ओ दे अदरवाइज कोई भी ओ टी दे वरना ये स्कैन इस वीडियो में हुआ है वो रियल नहीं हुआ बट आपके साथ है रियल हो सकता है सावधानी बरतें, ऑर्डर लेने पे ही बताएं। ओ टी पर आप लोग कर सकते हैं ऐसे ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें